हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंपैक्ट इम्पैक्सपोर्ट्स द वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अ पार्ट ऑफ ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंट्रप्रर्स फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं जो आपको एक गिवअप जो आप कर रहे हैं आज की तारीख में वो गिव अप ना करें ऐसी शख्सियत को हम आज के सामने आज पेश करेंगे और यूँ बोल सकते हैं कि आप जो यूथ और हम लोग बोल सकते हैं कि आपके यूथ के अलावा भी जो लोग आगे बढ़ने की चाह रखते हैं उसको आज हम यहां पे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे सो so, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ट्रैवल इंडस्ट्री यस yes, फ्रेंड्स ट्रैवल इंडस्ट्री ट्रैवल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अगर दुनिया जिसम है तो ट्रावेल इंडस्ट्री उसकी धड़कन है आपने सही सुना ट्रावल इंडस्ट्री के अंदर बूस्ट अगर बोल सकते हैं आया आया और हमेशा लगा ही रहा है अगर ये कोविड की सिचुएशन में अगर भी हम बात करते हैं तो बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है वो शटडाउन हो गई थी बट इम्पार्ट करने के लिए लॉजिस्टिक इंडस्ट्री वो वर्किंग थी अगर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री अगर मैं बोल सकता हूं कि आज की तारीख में बंद हो जाए तो आप तक खाना भी नहीं पहुंचेगा आपकी तारीख में अगर आपको पेट्रोल अगर आप यूज कर रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग अगर आप, आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें अगर आप देख रहे हैं वो आपको लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज से मिल रही है So, आज अगर हम बात कर रहे हैं दैस इज एन पर्पज अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री का पर्पज अगर जानते हैं तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको ट्रेवल्स के लिए बसेस का रिक्वायरमेंट जरूर होता है राइट right? तो अगर मैं बात कर रहा हूं डेस्टिनेशन दिवाली फंक्शन हो अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए कहीं डेस्टिनेशन में घूमने जाना हो तो प्लीज यहां पर अगर हम जो कवर कर रहे हैं ये बसेस ट्रेवल इंडस्ट्री को आज यहां पर हम बहुत जोर दे कवर करेंगे और आज की तारीख में अगर बात करूं तो ऐसे ही अपने बसेस के जरिए ये दुनिया में दिल को धड़काने वाले एक बहुत ही पायनियर बोल सकते हैं पायनियर एक इंडस्ट्री जो डेवलप करी थी 1978 में यस yes. उस टाइम पे थी ऐसी इंडस्ट्री यस yes. पायनियर बोल सकते हैं 1978 में जो कि है श्रीनाथ ट्रैवल एजेंसी यस yes, फ्रेंड्स श्रीनाथ ट्रैवल एजेंसी जो कि शुरू हुई थी 1978 में और एक बस से शुरू करके आज जो है वो पूरे 100 बसेस प्लस आज डिलीवरी दे रहे हैं चाहे फिर वो पैसेंजर डिलीवरी हो चाहे फिर वो एम्प्लॉय स्टाफ का मूवमेंट हो या फिर उसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट पर भी जा रहे हैं ना तो एयरपोर्ट का जो इंटरनल कम्युनिकेशन जो आप ट्रेवल करते हैं दैट इज ऑल्सो बीन फ्रॉम बाय श्रीनाथ ट्रेवल एजेंसी अगर और मैं इसकी बात करता हूं सो हमारे साथ आज जो शख्सियत जुड़ रहे हैं वो मान सकते हैं कि एक अपने आप में ही एक चैलेंज को पार करके ये इंडस्ट्री को उन्होंने ग्रैब करा है जो कि है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अखिल गुजरात टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर फेडरेशन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं उनके स्टेट कमेटी बस ये हैं मेंबर जो कि हैं बस एंड कार ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया सो अगर आप सोचिए फ्रेंड्स के वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल उनको कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी होगी ये लेवल पे पहुंचने के लिए अगर उन्होंने स्टार्टिंग में ही अगर अगर कोविड की बात करते हैं कोविड में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कोविड में के अंदर भी उन्हें अगर हार मान ली तो ये आगे पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता अगर मैं बात करता हूं आज की तारीख के ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर बसेस की सो इन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क बनाया है कि नॉन एसी से लेकर प्रीमियम एक्सेल वाली जो बसेस है वो आज की तारीख में जो है श्रीना ट्रैवल एजेंसी डिलीवर कर रहा है एज पर योर रिक्वायरमेंट सो विदाउट ए फर ऑडू मैं स्वागत करना चाहूंगा द ओनर मिस्टर नंदलाल काबरा जी का वेलकम सर टू आवर चैनल सर सबसे पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इतना बड़ा आपने जो रूटीन जो डिलीवर करा है और मेरे ख्याल से आज आज की आपकी एज आई थिंक 60 प्लस होगी राइट सर 62 62 प्लस सो फ्रेंड 62 टू प्लस का एज में आपने 1978 आपने आपके ब्रदर के साथ शुरू करा था राइट सो right. so, को सिर्फ है सर, सर? ये ये सर। बसेस गुजरात में नहीं होती थी बसेस सब राजस्थान में होती थी और यहाँ पे जो टूरिस्ट होते थे वो बसेस वहां लेने के लिए आते थे राजस्थान वो बसेस फिर 79 में 78 एंड में में या 79 यह सोचा था कि क्यों क्यों लोग गुजरात से राजस्थान ना हम ये गुजरात शुरू करें तो लोगों को वहां बस लेने के लिए ना आना पड़े क्योंकि और, और इंडिया पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा टूरिस्ट नंबर वन गुजरात के होते थे सेकेंड नंबर बंगाली परिवार होते थे तो जो लोग गुजरात से ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होते थे उस जमाने में लोग चार धाम तीन धाम दो धाम लोकल एक महीना साउथ में इस तरह लोगों की आना जाना रहता था मतलब वो टूर उनकी तीस दिन से लगा के नब्बे दिन तक की उनकी टूर एक सौ बीस दिन तक की उनकी टूर होती थी तो उसी ज़माने से तक क्यों नहीं गुजरात में ये बिजनेस स्टार्ट किया जाए यहाँ पर शादियों के लिए मैं शादी पिकनिक और टूरिस्ट बाहर जाने के लिए जो ऑल ओवर गुजरात में सबसे ज़्यादा अहमदाबाद से लोग आते थे यहाँ पे बसें लेने के लिए यहाँ से बस ले जाके उस समय टू बाई टू का बस भी चलन नहीं था थ्री बाई टू छप्पन साठ सीट बस होती थी उसमें लोग जाते थे उस समय नहीं सोचा कि हमको अहमदाबाद में ये बस शुरू स्टार्टिंग में ये अहमदाबाद में हमको बिजनेस शुरू करना चाहिए थैंक यू सो मच सर बट सही में आपने जिस तरह से बोल सकते हैं कि अपना नाम ये इंडस्ट्री में बनाया है वो काबिल तारीफ है बिकॉज फ्रेंड्स आज की तारीख में अगर मैं और इसको डिटेल में कवर करना चाहूं तो श्रीना ट्रैवल एजेंसी जो है पॉपुलरली मेजर स्टेट्स को जो है वो कवर कर रही है आज की तारीख में चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो गुजरात हो एम हो यूपी हो दिल्ली हो ये जितने भी मेजर स्टेट्स हैं ये पूरा श्रीनाथ ट्रैवल एजेंसी जो है वो कवर कर रहे हैं और और अगर मैं डिटेल में इसको बात करता हूं तो इन्होंने बस एक बस सर्विस से शुरू करा था आज की तारीख में ये पूरा कार्गो और टूरिज्म हैंडल कर रहे हैं मेन इनका टूरिज्म का जो बोल सकते हैं पार्टनर आपने यहां सुना ही होगा गुजरात टूरिज्म राइट right? तो गुजरात टूरिज्म इनका मेन पार्टनर है जो आज की तारीख में अगर आपको गुजरात में कहीं पे भी घूमना हो तो श्रीनाथ ट्रैवल एजेंसी का ही आपको इनडायरेक्ट कांटेक्ट मिलता है अगर मैं बात करता हूं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की तो इनके जो पार्टनर्स हैं लाइक रिलायंस इंडस्ट्री उनको भी यह सर्विस डिलीवर कर रहे हैं आज की तारीख में और मेन नाम एंड फार्मास इनको भी ये सर्विस इंपार्ट कर रहे हैं आज की तारीख में तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपने अगर कुछ भी शुरू करा है तो वो नामुमकिन है या नहीं हो पाएगा यस yes, आपको डिफिकल्टी फेस होगी बट उसको ओवरकम करना कैसे है या आपको थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके सोचना पड़ेगा सर आपसे मेरा एक और सवाल है लाइक like, ये ट्रेवल इंडस्ट्री में आने का ख्याल आपको कैसे आया ये उस समय लगभग हमारे सिक्सटी से हमारा है, है तो था वो राजस्थान में उस समय उस समय हमारे पास थी दस थी उस समय राजस्थान में जो वहाँ पे राजस्थान में छोटे रूट्स पे चलती थी गाँव से कोई पचास किलोमीटर सौ किलोमीटर पे चलती थी तो उस समय से हमारा ये फादर का बिजनेस था उसके बाद हमने गुजरात में तो नाइनटीन में आया पहले हमारा जो श्रीनाथ जी टेम्पल है श्रिनाजी उदयपुर वहाँ पे हमारी ऑफिस थी okay. तो यहाँ से गुजरात से लोग वहाँ बस लेने के लिए आते थे आ, रेंटल भाई यहाँ से बस आएगी फिर यहाँ से हम टूरिस्ट जाएंगे तो क्यों ना फिर हमने सोचा भाई ये बस अब ये बिजनेस गुजरात में डेवलप किया जाए सो दिस इज़ एन थिंकिंग जो आपने आउट ऑफ द वे जाके सोचा और यू बोल सकते हैं कि पैसेंजर को नहीं वहां के है बट आउट ऑफ द वे जाके आपने दूसरों को भी सर्विसेज इम्पार्ट करिए ग्रेट तो सर अभी तो पैंडेमिक चल रहा है जैसे कोविड की सिचुएशन आई थी राइट तो पिछले दो सालों से लॉकडाउन जैसी जो सिचुएशन अभी आज की तारीख में चल रही है तो मुझे आपसे जाना है कि ट्रैवल इंडस्ट्री जो है ट्रैवलिंग तो बिल्कुल बंद हो गया था राइट वहां पे तो ये दो सालों में आपने काफी नुकसान भी हुआ होगा और ऐसा क्या आपने अपने स्टाफ को कभी ऐसा निकाला कि नहीं आ, अभी चल रहा है तो मुझे आ, ये स्टाफ की सैलरी नहीं देनी है या ये ये स्टाफ को निकालना है सेटबैक आपने कैसे मैनेज करा सर नहीं देखिए पुराने टाइम में और अभी में थोड़ा हमारे साथ ऐसा ही एडजस्टमेंट बन के बारे सर कोई बात नहीं है अब ये थी कि, ये तो अभी एक डेढ़ महीना था पर पहले तो छः महीने तक हमारा बिजनेस बिल्कुल था पर हमारे साथ कुछ एयरपोर्ट का बिजनेस हमारा चालू था स्टाफ okay. ट्रांसपोर्टेशन का जो था वो हमारा रनिंग था बरबर है पर शायद नाइन्टी परसेंट जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे वो जुड़े रहे कोई कुछ महीने हमने हाफ सैलरी दी शायद एक दो महीने नहीं भी दी पर को, कोई ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं थी आपस में सभी लोग समझते थे कि अभी इंडस्ट्री की हालत बहुत बहुत खराब है, है। तो मिलके के वापस मिल वापस किया और बिजनेस थोड़ा चला है। so, मैं ऐसा कह सकता हूं सर के आपकी टीम हमेशा वो आपके साथ थी जो भी डिफिकल्टीज आपने फेस करी है सेम ही डिफिकल्टी आपकी टीम ने भी फेस करी है बट दोनों के लिए विनवि सिचुएशन हो हमारे जो भी हमारे यहाँ पहली बात को स्टाफ ही नहीं थे थे okay. हम थे हमारे सबके प्रति एक फैमिली फीलिंग्स हम समझते हमारा सब, अच्छा सब लोगों के साथ जैसा हो जैसा है। और okay. जब भी कोई हमारे साथ जुड़ता था उन फैमिली की तरह ही आप कंपनी में जुड़िए तो सक्सेस हो पाएंगे जब तक उस काम के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति हमारे फीलिंग्स नहीं नहीं होंगे तो शायद सफलता मिल सकती। बहुत ही सही कहा सर जैसे आपने कहा कि आपके फादर ने बिजनेस शुरू करा था और उसको आप इतना आगे तक लेके आए हैं बिकॉज जब तक एक फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है तब तक हमें सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है ये मैं है। समझ सकता हूँ सर सो सर इतने सालों में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि काफी ट्रेवल कंपनीज ट्रावलिंग कंपनीज जो है काफी आई और गई तो ऐसे कंपटीशन जो भी रहा है आपका ठीक तो है तो उसमें हाईली कंपटीशन दिमाग में एक बात थी तो भाई उधार के सिवाय बिजनेस नहीं हो सकता अच्छा, जी। कस्टमर की की तो दिखाऊंगा उधार के बिना भी, भी बिजनेस हो सकता है कस्टमर की गरज भी नहीं करनी होगी और हमारी कंडीशन से बिजनेस होगा बोले नहीं हो सकता कभी हो ही नहीं सकता बोले मैं आपको करके बताऊंगा बोले कैसे होगा तो जब ये बिजनेस चलने के बाद सात साल के बाद हमारे फादर के साथ बैठे थे तो तैसे बोला कैसे हुआ है मगर सबसे पहले हमने हमारे एथिक्स बनाए हॉनेस्टिन ने कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जो हमने कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट हमने लाइफ में कस्टमर के साथ हो वेंडर के साथ हो जिसके साथ हो हर व्यक्ति के साथ जो कमिटमेंट किया उसमें कभी कम्प्रोमाइज नहीं किया वो कमिटमेंट सदा ही हमने पूरे किए डिस्पूट कहीं नहीं हुआ लाइफ में 45 साल में कहीं हुआ ही नहीं है और अगर कभी एक परसेंट से चांस आ तो सदा कस्टमर की जगह बैठ के हमारे को ऐसी आप उस कुर्सी पर बैठ के सोचिए इस कुर्सी पर बैठ के मत सोचिए आप हो तो क्या होगा और वो चीज आज भी अपने अपना ही हुई है हमने कितना बड़ा बिजनेस हुआ ना हुआ वो अलग चीज़ है पर हमारी एथिक्स हमारी सिस्टम हमारी होनेस्टी में कहीं कम्प्रोमाइज नहीं किया हम हमारे को यह ट्रेनिंग मिली थी कि एक भी व्यक्ति बने वहाँ तक आप किसी को सेटिसफेक्शन सेटिसफाइड कर पाओ ना कर पाओ पर कोई व्यक्ति अपने साथ किसी भी बात से मन दुख करके ना जाए रियली रियली रियली गेट सर बिकॉज आप जिस तरह से एलेबरेट कर रहे हैं सो so मैं दो चीज़ें मैं बहुत यहाँ पे या तीन चीज़ें मैं बहुत समझाऊँ एक तो है आपने क्वालिटी के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है सेकेंड चीज़ कि आपने फर्स्ट प्रायरिटी जो है आपके कस्टमर्स को आपको प्रोवाइड करी है क्योंकि आप अपने कस्टमर्स को समझते हैं तो आप खुद वो फील के अंदर आते हैं कि वहाँ पे अगर मैनेज करना है तो किस तरह से हो सकता है है रियली ग्रेट सर सर मेरा दूसरा जो सवाल है, जैसे कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके खुद के के लिए लिए और आपकी ये कंपनी सर एक बात भी कि कि तो बोलता कही है, सर? क्या बात तो आप कस्टमर के साथ की जगह बैठ के सोचिए दूसरी बात आप आपके काम के प्रति संपूर्ण जी। और हर काम काम काम को दिल से करिए। वो कांग कांग कोई, छोटा नहीं, होता, कोई, बड़ा कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता हर व्यक्ति जमीन से जब शुरुआत करता है तो जीरो से जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि वो आदमी ऐसा तो उसके प्रति फीलिंग्स होनी चाहिए एक जवाबदारी होनी चाहिए आप कोई भी जो काम करना हो दिल से करो नई मोड़े नहीं कहे करना है तो आप छोड़ दो उस वक्त भाई आज एक दिन मेरे को नहीं करना है एक घंटे नहीं करना है पर करना है तो दिल से करो और पूरी होनेस्टी लगा दो उस पर उसकी जगह बैठ के सोचू शायद तो तकलीफ कमाएगी Great, sir. So, अगर मैं गोल्स की बात करूं, तो आप आप अभी ये ये पे हैं। हैं, के आपके जो सन है, भावेश सर, वो वो को आगे लेके ऐसा तो ऐसा क्या क्या क्या कर रहे हैं? या क्या ऐसा क्या गोल है आपका के आपके खुद के लिए आपके सन के लिए आपके स्टाफ के लिए आपकी कंपनी के लिए मैं हो सकता है है। है जी। आता है कि जब आ, हम, डाउन टू अर्थ जब हमने शुरू किए थे हम आ, व्यक्ति की वैल्यू मालूम है हमको समय की वैल्यू मालूम है और पैसे की वैल्यू मालूम है ये तीनों चीज हमने जीवन में जी जी जी बिल्कुल तो हम सोते सब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमको भी किसी व्यक्ति की जरूरत होती थी Correct. तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ की कि कि किसी भी पोस्ट पर रहो कितना ही पैसा आ जाए कितने भी बड़े बन जाओ छोटी बात तो बड़ा छोटा दुनिया में कुछ होता ही नहीं है ठीक है हम भी एक जब बैठे हैं तो हमारी जवाबदारी है कभी इस कमरे में ये काम हमको करना है ठीक है काम का डिविजन हो सकता है कोई छोटा बड़ा नहीं होता है काम में। जी। पर जरूर बच्चों को ये आज भी कहता हूँ सामने वाले के सामने बैठे ये फील नहीं होना चाहिए हम कुछ हैं हमारी नजरों में हमारी बातों में हमारी आंखों में कहीं आम या बड़ी चिंता ही दिखनी चाहिए आप जैसे थे वैसे नॉर्मल रहो किस भी, भी okay. so अमूल्य टाइम आपने हमारे साथ बिताया है जो आपने सीखा है मिस्टर नंद लाल सर ने आपको यहाँ पे बताया एथिक्स को आपको मेंटेन करके रखना है सामने जो कस्टमर है वो आपको कस्टमर फ्रेंडली डिलीवरी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है अगर आपके मन में लालच आ जाता है तो आप कभी भी ऊपर नहीं आ सकते हैं कस्टमर फ्रेंडली आपको हमेशा बन के रहना रहेगा और अगर एक चीज मैं ये पूरे जो हमारा एपिसोड है अगर उसमें से डिस्क्राइब करूँ तो देअ विल बी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन कंपटीशन बहुत सारा रहेगा बस सर से जो अभी समझ में आया है प्रोडक्ट तो आपका कोई भी अक्वायर कर लेगा प्रोडक्ट जो है आपका कोई भी अक्वायर कर लेगा क्योंकि सर ने जो है ही इज इन दी ट्रैवल इंडस्ट्री तो बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बट प्रोडक्ट मोनोपोलि तो आपको कोई भी अक्वायर करेगा सर्विस मोनोपोली इज दर इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो आप अपने अंदर जब तक नहीं लाएंगे अपनी टीम में नहीं लाएंगे आपकी कंपनी में नहीं लाएंगे आप कभी भी वो लेवल का थिंकिंग नहीं कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नंदलाल सर जी को फॉर गिविंग अ प्रेसियस टाइम अगेन एंड स्पेंडिंग अ मूल्यवान जो आपका टाइम है और जो आपके जो थॉट्स जो आपने साथ शेयर करे हैं सर इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग टू मी एज वेल एज फॉर माई टीम एंड एज वेल एज फॉर माई एंटायर इसके कैंडिडेट्स एंड यू कैन से जितने भी अगर यहाँ पे सुन रहे हैं या देखेंगे ये तो डेफिनेटली वो जरूर इंस्पायर होंगे ये वीडियो से सर सो so, फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही हनी कुमार शर्मा फ्रॉम जी ए थैंक यू सो मच